करंट अफेयर्स 2023 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हाल ही में किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्षयान लॉन्च किया जिसका सही आंसर है रूस दोस्तों हाल ही में रूस कोस ने एक अंतरिक्षयान लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को वापिस लाने का काम करे क्वेश्चन नंबर टू हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है जिसका सही आंसर है वायु लिंक दोस्तों वायुलिंग डिवाइस की सहायता से जमीन पर अपनी सेना की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है और इससे विमानों की टक्कर को भी रोका जा सकता है साथ ही साथ इससे खराब मौसम की सटीक जानकारी मिल सकती है